तू नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है दूर ही जब करना था तो बस क्यों लाया बता खुदा कभी तुझे भी तो प्यार होगा खुदा जुदा तेरा यार होगा खुदा जा...